बच्चे का ठीक से छठी बरहा भी नहीं हो पाता है कि बच्चे की मम्मी का फरमान जारी हो जाता है कि सुनते हो जी बाजार से जाके बच्चे के लिए हमारे बच्चे के लिए बेबी जॉनसेंस का ही पाउडर लेके आना क्योंकि हमें बच अपने बच्चे को दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा बनाना है उसे इतना गोरा बनाना है कि दुनिया में सिर्फ हमारा ही बच्चा हो उसके आगे सभी का गोरापा फीका पड़ जाए बच्चे के पापा भी कहा करें वो भी मजबूर हो जाते हैं और पहुँच जाते हैं मार्केट और वहां से लेके आ जाते हैं बेबी जॉनसेंस का ये वाला पाउडर वो भी करे का घर का फरमान है होम मिनिस्ट्री का फरमान है तो सुनना तो पड़ेगा ही उसी को लेकर खबर आई है कि हम आप जो बेबी जॉनसन्स का पाउडर अपने बच्चों को पोत रहे हैं वो पाउडर नहीं बल्कि पाउडर के रूप में एक जहर है मतलब हम आप अपने बच्चे को खुद गंभीर बीमारियों के मुंह में ढकेल रहे हैं खबरों में आया है सामने आया है कि बेबी जॉनसर जो हम आप अपने बच्चों बच्चों को लगाते हैं वो बच्चों की कोमल कोशिकाओं को, को डैमेज कर देता और कैंसर जैसी जानलेवा खतरनाक बीमारी का कारण बनता है इतिहास से उठा के देख लो मुगलों ने भी इसे इनोसेंट होने का फायदा उठाया अंग्रेजों ने भी इसे इनोसेंट होने का ही फायदा उठाया और अब यह कंपनियाँ यानी कि विदेशी कंपनियाँ जो हम भारतीयों का इनोसेंट होने का फायदा उठाती हैं और हमारे हाथ में पकड़ा देती हैं जानलेवा गंभीर बीमारियाँ जिन्हें हम जान भी नहीं पाते हैं हम आराम से एक महंगे प्रोडक्ट के तौर पे खरीदते हैं हम समझते हैं कि हम अपने बच्चे को सबसे अच्छा प्रोडक्ट लगाते हैं एक अच्छी महँगी रेट में उसको खरीदते हैं बाजार से लेके आते हैं और उसके बदले में हम अपने बच्चे को देते क्या हैं गंभीर बीमारियाँ समझते हैं पूरा मामला क्या है जॉनसेंस एंड जॉनसन्स कंपनी ने खुद स्वीकारा है कि 2023 में हम भारत से जॉनसंस बेबी पाउडर को यहाँ से खत्म कर देंगे हम ये कंपनी बंद कर देंगे या तो कुछ दूसरा प्रोडक्ट लेके आएंगे फिलहाल ये टालकम पाउडर जो हम यूज कर रहे हैं मतलब भारत में अभी चल रहा है इसे पूर्णतः बंद कर दिया जाएगा ये खबर है दो में बंद होगा या नहीं बंद होगा इसका कोई पक्का नहीं है जो खबर है वो हम आपको बता रहे हैं टेलकम पाउडर होता क्या है बेबी पाउडर पाउडर पाउडर की श्रेणी में आता है। मैग्नीशियम सिलिकॉन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन जैसे तत्वों को मिलाकर बनाया जाता है इसमें कुछ खास गुड़ होते हैं इसमें नमी सोखने के गुड़ होते हैं माना यह भी जाता है कि बच्चों को खूबसूरत करने के लिए यह पाउडर लगाया जाता है और टीबी में लगातार आते हुए एड्स हमें इस तरीके से गुलाम बना देते हैं कि हमारे भी दिमाग में पिंच करने लगता है कि नहीं वाकई में बीबी जॉनसन पाउडर अगर हम लगाएंगे अपने बच्चों के तो बच्चा हमारा खूबसूरत हो जाएगा और इसीलिए अब ये हर घर के बच्चे की खूबसूरती का एक गहरा राज बन गया है कितना सच है या नहीं सच है ये तो नहीं पता लेकिन पक्का तो यही है कि हर घर में एक टी लगी है और टीबी में डे हजारों बार एड आता है कि बेबी जॉनसेंस पाउडर लगाने से बच्चा खूबसूरत होगा गोरा होगा और माताएं बहनें भी मार्केट जा पाउडर नहीं मिलेगा बहरहाल आगे की बात करते हैं हुआ क्या है कि यह टेलकम पाउडर जहां से निकलता है मतलब टेलकम पाउडर के तत्व तो जहां से निकलते हैं वही एक तत्व तो पाया जाता है एसबेस्टस एसबिस्टस को आम बोलचाल की भाषा में अगर कहें तो ये अभ्रक होता है कि जहां से टेलकम पाउडर की माइनिंग की जाती है खुदाई की जाती है वहीं पर एस्बेस्टस भी पाया जाता है और अभ्रक में कोशिकाओं को डैमेज करने की कुछ स्पेसबिलिटी होती है जिसके चलते ये माना जाता है कि जब इसकी माइनिंग की जाती है टेलकम पाउडर की तो कुछ पार्टिकल्स अभ्रक के भी टेलकम पाउडर के साथ मिक्स होके आ जाते हैं जिन्हें कितना भी बारीकी के साथ निकाला जाए छाना जाए लेकिन वो कुछ पार्टिकल्स हर हालत में रह ही जाते हैं बहरहाल कंपनी ने इंदाओं को खारिज किया है फिर भी 36,000 से ज्यादा मामले पूरे विश्व में बेबी एंड बेबी जॉनसन्स कंपनी पर दायर हो चुके हैं कंपनी की पूरी तरीके से बज चुकी है कंपनी रोड पे आ गई है इतने मामले पूरे देश भर में पूरे विश्व भर में कंपनी के खिलाफ दायर किए गए हैं जुर्माना भरते भरते कंपनी की हालत खराब हो चुकी है और कंपनी ने अब साफ कह दिया है कि अब भैया किसी भी हालत में अब हम ये केस नहीं झेल पाएंगे इससे अच्छा है कि हम बंद ही कर देंगे मतलब जितनी कमाई बेबी जॉनसन पाउडर से जॉनसंस एंड जॉनसंस कंपनी करती है उसका पता नहीं कितने परसेंट का हिस्सा तो वो जो गवर्नमेंट उस पर जुर्माना लगाती है जुर्माने के तौर पर भर रही है आपको बता दें कि 1948 में जॉनसेंस बेबी पाउडर इंडिया में आया था यानी कि उन्नीस में हम आजाद हुए थे एक तरफ आजाद हुए थे अंग्रेजों की गुलामी से और दूसरी तरफ ये जहर वाला पाउडर हम लोगों के हाथों में थमा दिया गया था कि लगाओ अपने बच्चों के 1948 से हम आज तक इस पाउडर को दवा के यूज करते बच्चों पर चले आ रहे हैं कारण कुछ भी रहे हो कैंसर के इधर उन्नीस में उन्नीस से अब तक में बात की जाए तो कैंसर के बहुत सारी संख्या परसेंटेज के तौर पर भी बढ़ती चली आ रही है बेबी जॉनसेंस कंपनी इसी मुद्दे को लेकर काफ़ी ज्यादा विवादों में रही थी पता नहीं कितने टन इनका पाउडर बेकार हो गया था कुछ टाइम तक कंपनी बंद हो गई थी यहाँ भारत में लेकिन जाँच एजेंसियों ने कुछ टाइम के बाद फिर से हरी झंडी दिखा दी तब से फिर से दबा के बेबी जॉनसेंस प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है और दबा के पाउडर बेचा जा रहा है कोई भी मेडिकल या अगर दो सौ रुपए रेट लिखी हुई है तो एक रुपए कम ना करेंगे दो सौ का दो सौ ही लेंगे कहते ये है कि इस पर तो मार्जन मिलता ही नहीं है इसे तो, इस पर तो बस एक से दो परसेंट का मार्जन मिलता है मतलब सबसे महंगा प्रोडक्ट और महंगे प्रोडक्ट के तौर पे हम घर में खरीद के लेके आते हैं एक जहर बहरहाल आपको बता दें कंपनी अमेरिका की है यानी कि यूएसए की है और यूएसए और कनाडा ने पहले ही इस पाउडर पर बैन लगा दिया है मतलब ये कि जॉनस बेबी पाउडर अमेरिका और कनाडा में पूरी तरीके से प्रतिबंधित है मतलब मतलब पर पर कंपनी कंपनी व्यापार नहीं नहीं कर सकती सकती मतलब जिस घर की है वहीं बेच सकती। और बाहर जाकर इंडिया नेपाल भूटान बांग्लादेश जैसे देशों में खूब दबा के व्यापार कर रही है क्या कारण होगा सोच थोड़ा सा दिमाग में आता है ना अजीब सा कि ऐसा क्या रहा होगा कि इंडिया में 18 19 में भी विवादों में रहा अमेरिका जहां की जॉनसन में कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी है वहां पर बंद है और हम भारतीय इसका यूज कर रहे हैं इंडिया में क्यों नहीं बैन हुआ तो बता दें यार यहां पर ना चलते हैं जुगाड़ आप गांव के नुक्कड़ से लेकर संसद के सड़कों तक एक बात सुन ही लेंगे कहीं ना कहीं से दबी जुमान से आ ही जाएगा कि साहब ये है इंडिया इंडिया में अगर आपने जुगाड़ लगा लिया तो आपके सारे काम हो जाएंगे मतलब ये कि अगर आपके पास जुगाड़ है तो आपका काम नहीं रुकेगा शायद हो सकता है जॉनसन्स एंड जॉनसन कंपनी ने अभी कोई लगा दिया जुगाड़ दवा के बिकता हजार तेईस में अपने इस प्रोडक्ट को वापस कर लेंगे क्योंकि हम अब पूरी तरीके से फंस गए हैं हमारे पास अब और ताकत मुकदमे लड़ने की नहीं है पूरे विश्वभर में छत्तीस हजार मुकदमे मायने रखते एक कंपनी पर पता नहीं कितने अरबों अरबों खरबों खरबों का जुर्माना लगा होगा से याद आया कि आपको बता दें 2021 की जो इनकी इनकम रही थी जॉनसन जॉनसन कंपनी तिरानवे दशमलव सतहत्तर बिलियन डॉलर की थी मतलब ये कि भारतीय मुद्रा में अगर भारतीय रुपए में इसका कैलकुलेशन किया जाए तो खरबों का मामला आएगा हिसाब किताब खरबों में जाएगा इसके नीचे नहीं रुकेगा अब इतनी कमाने वाली कंपनी अचानक से ऐसा क्यों बोल गई कि हम इसको वापस ले लेंगे? मामला तो अच्छा तो ंगाल और दिवालियों की सिवा बचेगा कुछ भी नहीं मतलब ये अठारह सो छियासी में जब से यह कंपनी पैदा हुई थी अट्ठारह सो छियासी में पैदा हुई थी इंडिया के यहां इंडिया में मतलब उन्नीस 48 में आई थी अठारह सो कितना कमाया होगा पूछो नहीं कमाने में तो कसर ही ना छोड़ी होगी लेकिन अब अब इन्हें लगता है कि जितना हमने इतने दिनों में कमाया है उतना तो हमें अब देना पड़ जाएगा जुर्माने के तौर पे तो इसलिए भैया अब कर लेते हैं साइड अब साइड तो कर लेंगे वो तो बिल्कुल सही लेकिन अभी तक जो ये परोस गए हमें पाउडर के रूप में जहर अब जिन बच्चों के लगा है उनका क्या होगा इसके बारे में तो गवर्नमेंट सोचती ही नहीं बहरहाल वो मुद्दा तो गवर्नमेंट का है गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि आपने तो कह दिया हम हटा रहे हैं भाई लेकिन हटा रहे और जो ये इधर किए इसका का जुर्माने के तौर तो पे तो एक इन्हें अच्छी खासी रकम इनसे वसूल की जानी चाहिए ये तो माननीय न्यायालय के हाथों में है बहरहाल मेरी अगर बस की चले तो उन्नीस से भारत में जितने कारोबार की कमाई इन्होंने की है ना एक झटके में इनसे वसूल करने का फरमान जारी करवा दूँ लेकिन चलती कहाँ है या तो सीधी बात है एजेंसियां चेक करेंगी उन्नीस सौ अड़तालीस से भी जोड़ लो तो सत्तर साल तो पूरे पूरे साफ साफ हो गए मतलब सत्तर साल में जितना इन्होंने कमाया है ना जुर्माने के तौर पर उतना इनसे निकाल जरूर लिया जाए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि जॉनसन एंड जॉनसन बेबी जो कंपनी का जो ये पाउडर पाउडर बनता है, है है? इसके रासायनिक फार्मूले तो क्या क्या-क्या क्या हैं? विज्ञान के तौर पे देखा जाए तो आता है इसका? एक्चुअली में होता क्या है? टेलकम मैग्नीशियम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना होता है टैल्क का रासायनिक नाम एम जी थ्री एस आई फोर जीरो इस्तेमाल कॉस्मेटिक और सौंदर्य यानी कि सुंदरता के तौर पर किया जाता है यह तो थी खबरों की बातें कि जॉनसन एंड जॉनसन वे भी पाउडर 2023 में मार्केट से चला जाएगा अब देखना यह होगा कि चला जाता है या खबर आई है और तेईस में भी दबा के बिकेगा टेंशन मत लीजिएगा 2023 जैसे ही शुरू होगा हम एक दूसरा वीडियो फिर से बनाएंगे और अपडेट क्या है क्या खबरें आई है यह पूरा बताएंगे कि देखेंगे ऐसा ही तो नहीं कि अचानक से 2000 के नोट में चिप लग जाती है फिर चिप कहा जाती है लापता हो जाती है इसका पता ही नहीं चलता है चिप को छोड़ दो 2000 का नोट ही लापता हो जाता है कुछ ऐसी खबर यह भी तो नहीं है जल्दी ही बताएंगे 2023 को कुछ ज्यादा समय नहीं बचा है सितंबर चल ही रहा है अक्टूबर नवम्बर दिसंबर मतलब कुल मिला के महीने के अंदर का ही समय है तेईस में जैसे ही अपडेट आती है हम आपको तुरंत बताएंगे तब तक के लिए बगल में दिख रहे हैं घंटे को जमाना बिल्कुल ना भूले ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें और हाँ एक बात और दोस्त वीडियो अगर थोड़ा सा भी अगर इतना सा भी अच्छा लगा है ना और शायद अगर कोई भी एक अच्छी सी बात हमने इसमें बोली है जो आपके दिल को छू गई आपको लगा होगी नहीं यार ये दस सेकंड जो आपने बोले ना ये मुझे अच्छे लग गए तो यार प्लीज एक रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना यार क्योंकि जितनी मेहनत के साथ मैं वीडियो बनाता हूं ना अभी तक अगर आपको बता दूं तो कोई रिजल्ट खास आया नहीं है इतने तो सब्सक्राइबर जरूर हो जाएं कि एडवर्टीजमेंट तो चलना शुरू ही हो जाए यार अभी बहुत बहुत बहुत कम है सब्सक्राइबर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले वीडियो में कुछ ऐसी एक दूसरी कंपनी के बारे में हम आपको जल्दी ही बताएंगे नाम बता दे मैगी मैगी का कुछ ऐसा ही मार्केट रहा है जब से आई है दबा के बिकती चली जाती है किराना की कोई दुकान हो किराना क्या मेडिकल की दुकान तक हाबी हो गई है आज किराना की छोटी से छोटी दुकान पे यानी कि नुक्कड़ की जो दुकान होगी उस पर भी आपको मैगी रखी जरूर मिल जाएगी और मैगी एक ऐसी चीज है कि हर घर की रसोई में भी मैगी के चार छह पैकेट रखे मिल ही जाएंगे मैगी का भी पूरा खेल क्या है वो किस तरीके से भारत में आई और दवा के व्यापार करना शुरू कर दी और हम लोगों को कैसे उसने हम लोगों की जुबान को कैसे उसने गुलाम बना लिया हम बताते हैं अपने अगले वीडियो में बने रहे जल्द ही वीडियो आ रहा है मैगी पर तब तक के लिए थैंक यू नमस्कार